दोस्तों आज की रियल गोस्ट स्टोरी सीरीज की वीडियो में हम पांच दोस्तों के आखिरी सफर की चौंका देने वाली घटना के बारे में बताएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं आखिरी सफर अक्षय रश्मि कीर्ति राजू और गोपाल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं सभी का परिवार समृद्ध परिवार होता है वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं वो कभी भी घूमने जाते तो वो सब साथ में ही जाते थे उन सभी के परिवार के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे अक्षय को शराब पीने की लत होती है इसलिए सब उसको इसके लिए मना भी करते हैं कीर्ति को राजू से प्यार होता है पर वह उसे बताने से डरती है उनका कॉलेज खत्म होने वाला होता है इसलिए वो कहीं घूमने की योजना बना रहे होते हैं रश्मि और अक्षय को भूतिया जगहों पर घूमना बहुत पसंद था जब सब तय कर रहे होते हैं कि कहां घूमने जाना चाहिए तो रश्मि कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका कहना है कि उसके गांव में भूतों का वास है तो उसका कहना है कि उसके गांव के बगल में एक जंगल है जिसमें एक कब्रिस्तान है तो उसका कहना है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया है तो आज तक वापस नहीं आया है रश्मि सबसे कहती है कि क्यों ना हम उस गांव में जाएं और इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करें इस पर अक्षय तो तुरंत राजी हो जाता है पर गोपाल रश्मि की बातों से ही डर जाता है और कहता है कि अगर हम वहां गए और वापस ही नहीं आए तो क्या होगा उसकी बातें सुनकर रश्मि हंसने लगती है और कहती है कि तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा फिर अक्षय कीर्ति और राजू से पूछता है कि उनकी क्या राय है तो राजू कहता है कि वह तभी वहां जाएगा अगर कीर्ति हाँ कर दे तो कीर्ति कहती है कि ठीक है मैं अपने पापा की कार ले लूंगी और हम कल सुबह वहां जाएंगे रश्मि कहती है कि सभी अपना सामान ले लेना क्योंकि हम वहां कुछ दिनों के लिए रुकेंगे अगली सुबह सभी अपना सामान लेकर रश्मि के घर जाते हैं फिर वो उस गाँव के लिए रवाना वो जाते हैं वहाँ वो रश्मि के पड़ोसी के यहाँ रुकते हैं सभी गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं वो गांव में सभी लोगों से सिर्फ जंगल के बारे में ही पूछते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि लगता है कि आप गांव में नए हैं इसलिए उस जंगल के बारे में पूछ रहे हो उस जंगल में आज तक जो भी गया है वह वापस कभी नहीं लौटा है वहां जाने वाले को आत्माए जिंदा नहीं छोड़ती है इसलिए वहा जाने की सोचना भी मत पर रश्मि और अक्षय जानना चाहते थे कि क्या सच में वहां आत्माएं हैं या फिर ये लोगों का भ्रम है इस पर गोपाल कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है सुना नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं मरना चाहती हो क्या फिर रश्मि कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते ये सब मन का वहम होता है लगभग आधे घंटे के बाद सबने जंगल में जाने के लिए हामी भर दी फिर वो रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वो जंगल में जा सके फिर रात होते ही वो अपने साथ कुछ टॉर्च और खाने का सामान साथ ले गए। जब वो जंगल में घुस रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बक्सा मिलता है। अक्षय उस बक्से के पास में जाता है यह जानने के लिए कि आखिर उसमें है क्या अक्षय उसमें झांक कर देखता है तभी अचानक ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो यह देख सभी घबरा जाते हैं तभी अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है वह कहता है कि वह मजाक कर रहा था यह सुनकर सबकी जान में जान आती है फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच में जाकर बैठ जाते हैं फिर वो सब अपनी गपशप शुरू करते हैं तभी रश्मि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है क्यों न भूत को बुलाया जाए फिर अक्षय और रश्मि जोर जोर से भूतों को बुलाने लगते है कीर्ति और गोपाल उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं पर वो नहीं मानते तभी अचानक वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है उन आवाजों को सुनकर सभी के रोनते खड़े हो जाते हैं तभी वहां अचानक एक पेड़ आ गिरता है जिस पर बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं कनकालों को देख वो सब और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं जब वो जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोपाल उनके साथ में नहीं है तो वो सब डरते डरते वापस गोपाल को ढूंढने वहां जाते हैं वो गोपाल को इधर उधर हर जगह ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था तभी एक बूंद खून की राजू के हाथ पर आ गिरती है पहले तो वह यह समझ नहीं पाता कि वह क्या है फिर और खून की बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती हैं तो सब ऊपर की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि गोपाल का सिर पेड़ पर लटक रहा होता है उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता गोपाल की ये हालत देखकर सब बहुत डर जाते हैं और तेजी से गांव की तरफ भागने लगते हैं पर इस बार वो रास्ता भटक जाते हैं वो जितना आगे जाते हैं रास्ता उतना ही लंबा होता जाता है अब वो और घबरा जाते हैं चलते चलते फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं वहां उन्हें एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि यह सफर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर है यह पढ़कर उनकी हालत और खराब हो जाती है और वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं पर आखिर उस वीरान जंगल में उनकी आवाज़ सुने कौन फिर वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं लगभग सबकी आंख लग जाती है तभी कीर्ति को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं फिर उसे लगता है कि गोपाल उसे बुला रहा है वह राजू को जगाती है पर वह नहीं उठता इसलिए वह अकेले ही उस आवाज के पीछे चली जाती है वह बहुत चलती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता इसलिए वह वापस जाने के बारे में सोचती है जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक औरत सफेद कपड़ों में हवा में उड़ रही होती है उसका चेहरा एकदम सड़ी लाश जैसा होता है उसे देखकर कीर्ति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है उसकी चीख सुनकर सबकी नींद खुल जाती है वो देखते हैं कि कीर्ति वहाँ नहीं है इसलिए वो उसे घूमने लगते हैं पर कीर्ति उन्हें कहीं भी नहीं मिलती इसलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कीर्ति का सिर उस कब्र पर रखा होता है कीर्ति का सिर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है कि तुम्हारा आखिरी सफर है कीर्ति को इस हालत में देखकर सब पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है अब अक्षय कब्रिस्तान की खोज करने लगता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है जो कोई भी उनके साथ यह कर रहा है वह आखिर चाहता क्या है वह कब्रिस्तान ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है पर उसे कब्रिस्तान तो नहीं मिलता पर एक घर जरूर मिल गया जहां बहुत सारे इंसानी सिर लटके होते हैं उन्हें देखकर अक्षय भौचक्का रह जाता है वह उस घर से बाहर आकर एक ही बात रटने लगता है कि आखिर चाहते क्या हो इतना कहते ही वहाँ एक बच्चा आ जाता है और वह हंसता हुआ वहां से चला जाता है अक्षय भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है पर तभी वह बच्चा गायब हो जाता है अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं मिलता अक्षय उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है वह उस कब्रिस्तान में उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है तभी एक कब्र से हाथ बाहर आता है और अक्षय के पैर पकड़कर वह गिरा देता है वह फिर एक कब्र में बंद हो जाता है इधर रश्मि और राजू अक्षय के लिए परेशान हो रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि कब्र से बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं वो मशक्क़त करके कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक कमरा बना होता है अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है इसलिए वो टॉर्च जलाकर कब्र में घुसते हैं नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि अक्षय वहाँ पहले से ही पड़ा होता है वो सब कमरे का रहस्य जानने के लिए कमरे की छानबीन करते हैं उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी चिट्ठी के जिस पर लिखा होता है कि यह सफ़र तुम्हारा आखिरी सफ़र है जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल जाती है और कब्र का दरवाजा बंद हो जाता है फिर अचानक सारी मोमबत्तियाँ भुज जाती है और सबके चीखने की आवाज आती है फिर थोड़ी ही देर में उन सभी के सिर कब्र पर रखे होते हैं जो कि एक ही बात दोहरा रहे होते हैं कि यह तुम्हारा आखिरी सफ़र है इस तरह उन पाँचों दोस्तों का सफर आखिरी सफर बन जाता है